हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया है मैंने बुलवाया है मैं हूं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आपके एक मुलाजिम नेटवर्क का खून हुआ हमें नहीं मालूम वो कौन है चौंकने की कोई जरूरत नहीं चलिए मैं आपसे पूछता हूं कल दोपहर आप कहा थे आ, हमारे पास सबूत है कलेक्टर साहब के पास से क्या हो तो पता करवा लो तो कहू आपने किया नहीं करवाया है हवेली पे आ जा क्या है हवेली पे हवेली पे आ जाना क्या करना है हवेली पे, पे है हवेली पे आ जाना क्या करना हवेली पे हवेली पे आ जा हवेली पे आ जाना हवेली पे क्या बोला हवेली पे आ जाना क्या कर लेगा हवेली पर हवेली पे आ जाना जा। हवेली पे क्या कर लेगा हवेली पर तू मुझे खुश करेगा हवेली अरे तेरे बड़े बड़े हा? अफसर आते हैं हवेली पे तू भी आ जाना अरे मैं थूकता हूं ऐसे अफसरों पर थूकता हूं मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे थूक कर दिखाऊं हवेली पे आ जाना कहा आपका जरा फिर से पोल क्या